ठीक है यहां तक बात समझ आती है अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं एक्यूप्रेशर क्या है एक्प्रेशर एक कोई चिकित्सा पद्धत नहीं है पहली चीज आज हम इसको चिकित्सा के रूप में यूज कर रहे हैं इसलिए यह एक चिकित्सा पद्धत है कह सकते हैं लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो एक्यूप्रेशर कोई चिकित्सा पद्धत नहीं है ये हमारे जीवन को जीने की शैली है ये हमारे जीवन को जीने की शैली है ठीक जैसे अब जीवन को जीने की शैली कैसे कह सकते हैं क्या जैसे पुरातन जमाने में मतलब बहुत पुराने जमाने में लोग उन विधाओं को जानते थे जिससे वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते थे वैदों के पास उनको जाना कम पड़ता था ठीक अब जो भी चिकित्सा प्रणाली आज प्रचलित हुई हैं उनमें एक्यूप्रेशर सबसे पुराना है माना ही जाता है या ऐसा खोज किया गया कि लगभग छः हज़ार वर्ष पूर्व एक्यूप्रेशर की उत्पत्ति भारतवर्ष में ही हुई थी लेकिन इस ये फूला फला ये फूला फला हमारे चीन में ठीक है मतलब प्राचीन काल में जो चीन से यात्री भारतवर्ष आए उन्होंने इस पद्धत को सीखा इस पे काम किया और इस विधा को अपने यहाँ की मूलभूत प्रणाली बनाई जिनके जिनके माइक ऑन माइकाम प्लीज ऑफ कर लें ठीक है तो इस प्रकार से यह पद्धत भारत से चीन चली गई वहां पर फूली फली तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्यूप्रेशर एक चीनी पद्धत है जबकि वास्तव में अगर हम सुश्रुत संगता अष्टांग हृदयम चरक संगीता को पढ़ें तो वहाँ पर मर्म मर्म नाम के कई शब्द कई दोहों में मिलेंगे कई श्लोकों में दोहो कह रहा सॉरी कई श्लोकों में मर्म नाम के शब्द मिलेंगे ये मर्म क्या हैं ये मर्म ही हमारे शरीर पर छोटे छोटे ऊर्जा बिंदुओं के रूप में हैं जिनको उस समय हम मर्म कहते थे और आज के समय में एक्टिव बिंदु कहते हैं जिनको हम एक बिंदु कहते हैं अब एक्यू बिंदु क्या है हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर ब्रह्मांड से ऊर्जा लेता है और ऊर्जा देता है मतलब गिव एंड टेक का रूल हमारी बॉडी पर चलता रहता है ये जिन बिंदुओं से या जिन जगह से हमारे शरीर में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है ठीक उन बिंदुओं को हमने एक्यूप्रेशर की बिंदु कहा अब क्या होता है हमारे शरीर पर करीब हज़ारों बिंदुएँ हैं जिनको डॉक्टर वॉल एक जर्मनी के एलोपैथिक डॉक्टर थे उनका नाम था डॉक्टर वॉल उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू देखा कि हमारे शरीर में वास्तव में बिंदु हैं कि नहीं क्योंकि उनके उनके समय तक जर्मनी के डॉक्टर के समय तक ये जो न, एक्व्रेशर विधा काफ़ी प्रचलित हो चुकी थी तो उन्होंने ये जानना चाहा कि वास्तव में ये विधा कुछ है कि बस सब खाली कह रहे हैं तो उन्होंने एक डेमेट्रोन नाम की मशीन बनाई ठीक जिसका इलेक्ट्रिक प्रवाह करके उन्होंने शरीर पे देखा तो उन्होंने पाया कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जहाँ पर ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा है जहाँ पर जिन बिंदुओं पर ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा रही उन्ही बिंदुओं को हमने एक्टिव बिंदु कहा अभी इन क्यों बिंदु पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सीट्स का प्रयोग करते हैं बहुत से सारे लोग कलर का प्रयोग करते हैं बहुत से सारे लोग प्रेशर का प्रयोग करते हैं ठीक तो जिस प्रकार से हम विधा को यूज़ करते गए वैसे वैसे नाम उसका पड़ता गया अब हम ये देखते हैं अपने आसपास जो हमारी भारतीय महिलाएँ हैं ठीक वो बिंदी लगाती हैं मांग में सिंदूर भरती हैं नाक नाक में छेदन होता है बिछिया चूड़ी या अगर हम ऋषि मुनियों को देखें तो हम ही देखते वो अपने कलाव कलाई पे रुद्राक्ष बांधे रहते हैं अपने बाजू बन पर बांधे रहते हैं ठीक अपने माथे पे तिलक लगा, तिलक लगाते हैं कान में कुंडल पहनते हैं ये सब चीज़ें क्या हैं ये हमारे शरीर पर जो ऊर्जा के ऊर्जा के सघन क्षेत्र हैं उस ऊर्जा को हमारे शरीर में के लायक बनाने मतलब जो ऊर्जा के क्षेत्र केंद्र बिंदु हैं उनको प्रेशर दे करके एक्टिवेट करने का काम करते हैं यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न या किसी को कुछ ऐसा हो जो समझ में ना आया हो किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं या कुछ ऐसा हो जो आपको ना सही लगा हो नहीं तो मैं आगे चलू सर हाँ, जो सर हाँ, वो जो है ना हाँ, बोलिए लगाते तो वो क्या है वो और उस जो नीडल्स जो रहते हैं नीडल्स जो नीडल्स ऐसे करते बॉडी में और करके वैसे वो पैने लगाते और तो, तो गुण गुण क्या, ये वो सारे काम जो आप पूछना चाह रहे हैं सारे काम एक पे होते हैं अब क्या होता है हमारे तो भारत में एक्टिव प्रेशर की आवश्यकता क्यों है मेडिकल की कंडीशन आप सभी जान रहे हैं इस प्रकार का जो भी चीज़ें हैं आप सब जान रहे हैं उस बारे में बात नहीं करना लेकिन बहुत सा हमारा एक बहुत से एक बड़ा बड़ा हिस्सा जो आज स्वास्थ्य लाभ से दूर है ठीक उस गैप को दूर करने का काम हमारा एक्यूप्रेशर कर सकता है जैसे कि अगर आपको हेडेक हुआ तो आप गए दवा ले लिए ठीक है और जब मैंने सीखना शुरू किया था तो मुझसे एक एमडी ने बताया था कि जो दवाइयां हम खाते हैं उसका 70 परसेंट हमारी बॉडी में यूज़ होता है बाकी 30 परसेंट वेस्टेज के रूप में आ जाती हैं अब आप सोचो जो 30 परसेंट वेस्टेज गया वो कहाँ पर जाता होगा या तो लीवर को डैमेज करेगा या तो किडनी को ठीक तो अब हम छोटे से हेडेक के लिए थर्टी वेस्टेज वेस्टेज ले रहे हैं जबकि उस हेडक को हम कुछ शरीर पे स्थित बिंदुओं की सहायता से परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं मेडिकल साइंस अपनी जगह बहुत बड़ी भूमिका रखता है जैसा कि अभी पीछे जो विवाद हुआ था उसमें बाबा जी ने कहा था कि लाइफ सेविंग ड्रग में मेडिकल साइंस का कोई साझा नहीं बिल्कुल सही बात है लेकिन लाइफ सेविंग और लाइफ वहाँ तक जाने ना पाए हम उसके पहले ही स्वस्थ रहें इसमें एक्यूप्रेशर आपका बहुत बड़ा रोल निभाता है और आपको हमेशा स्वस्थ रख सकता है अगर आप एक्यूप्रेशर के साथ चलते हैं ठीक है अभी सर आपका क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ अब आप ये देखिए जी सर अब आप ये देखिए इस लाइन में मैंने बताया एक्यूप्रेशर क्या है शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ठीक है शरीर के विभिन्न हिस्सों पे बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं ठीक लेकिन अब हम पूरे शरीर पर तो पॉइंट दे नहीं सकते पूरे शरीर पर प्रेशर दे नहीं सकते तो कई लोगों ने सोचा जो हम मसाज करते हैं ठीक कई लोगों ने सोचा कि जो मसाज करते हैं वही एक्यूप्रेशर एक है कई लोगों के दिमाग में होगा जो हम मसाज करते हैं वही हमारा एक्यूप्रेशर एक है जबकि ऐसी बात नहीं मसाज एक अलग चीज़ है और एक्यूप्रेशर एक, एक अलग चीज़ है लेकिन संबंध दोनों में है संबंध कैसे है मैं अभी बात करता हूँ यहाँ देख रहे होंगे लिखा है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दबाव डालकर बीमारी को ठीक करने की कोशिश की जाती है शरीर के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर दबाव डाल करके बीमारी को ठीक करने की कोशिश की जाती हैं बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बिंदु दबाने पर वो बीमारी ठीक हो सकती है जैसे किसी को हेडक हुआ तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर दबाएँ या कहाँ पर हम निडलिंग करें या कहाँ पर हम कलर लगाएं या कहाँ पर मैग्नेट लगाएं जिससे वो बीमारी हमें ठीक हो इन बिंदुओं की जानकारी की जानकारी करना ही एक्यूप्रेशर की पढ़ाई कहलाता है ठीक अब ये एक्यूप्रेशर पॉइंट करते क्या हैं ये एक्यूप्रेशर पॉइंट करते ये हैं कि जब आप जैसे आप समुद्र में हैं मतलब सॉरी तालाब में हैं और आपने एक कोई एक कंकड़ उठाया पतली सी छोटी सी ईटा उठाया आपने पानी में फेंक दिया आपने तालाब शांत तालाब में एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया तो आप देखते होंगे जैसे ही वो पानी के टच में आता है पानी में कई तरंगे उठने लगती हैं इस टाइप की कई तरंगे वेव्स उठने लगती हैं इसी प्रकार से जब हम संबंधित बीमारी के संबंधित एक्व पॉइंट पर प्रेशर कलर सीड निडल कपिंग कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर एक वेव जनरेट होती है एक ऊर्जा ऊर्जा की क्या कहते हैं वेव जनरेट होती है जो कि उस ऑर्गन को जाके ठीक करती है हम और एक चीज़ हम जानते हैं कि हमारे सभी ऑर्गन का अपनी एक आवृत्ति है एक फ्रिक्वेंसी है ठीक तो जैसे जैसे हम उस प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं या प्रेशर करते जाते हैं वो फ्रिक्वेंसी उस ऑर्गन को ठीक करती जाती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं जहाँ हम मेडिकल साइंस में दवा खा करके आराम लेते हैं मतलब हमने दवा खाई आधे घंटे में आराम मिला ठीक वहीं पर मैंने ये देखा है या जितने भी एक्यूप्रेशर वाले हैं वो ये देखे होंगे कि जैसे ही हम ट्रीटमेंट करते हैं जो दवाइयां हैं वो तो थोड़ी देर में काम करेंगी पॉइंट्स और तेज़ काम करते हैं लेकिन बस हमारा पॉइंट सटीक होना चाहिए ठीक तो एक्यूप्रेशर पॉइंट कैसे काम करते हैं जब हम एक्यू पॉइंटों को दबाते हैं या एक्यूप्रेशर हम करते हैं तो ये एक वेव जनरेट करती हैं जो उस ऑर्गन को मैसेज देती हैं या ये कह लें हमारे बॉडी के ब्लड फ़्लो को बढ़ा देती हैं ठीक आगे बात करते हैं इस पर अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारे श्री प्रधानमंत्री जी अपने हाथों पे ये जो लिए हैं इसको हम लोग कहते हैं हैंड रोलर ठीक और मैंने एक बात बोली थी हमारे शरीर पर छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिन पर ऊर्जा का सघन मात्रा होती ठीक अब हम पूरे शरीर के पे तो दबा नहीं सकते जैसे हमारे अगर आ, क्या कहते हैं पीठ पे पड़ जाए वो पॉइंट पीठ पे हो अब हम पीठ को कैसे दबाएंगे अपने हाथ से ठीक गर्दन पे पड़ गया तो हाथ दबा सकते हैं कुछ ऐसे हमारे पार्ट हैं जहां पर हम नहीं दबा सकते ठीक है तो इसलिए इन पॉइंटों को हमारे हाथ की हथेली पर या पैर की पैर के पंजे पर रखा गया कैसे रखा गया उसकी बात हम आगे क्लास में करेंगे ठीक है तो अब इनको दबाने से संबंधित जैसे आपका घर का पंखा है घर की लाइटें हैं अगर आपको पंखा चलाना है तो आप पंखे के पास जाके उसको नहीं घुमाते आप जाते हैं पंखे से संबंधित स्विच को दबाते हैं सर्किट ऑन हो जाती है और पंखा चलने लगता है कुछ ऐसा ही संबंध यहां पर भी है अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है और आप अपने पंजे में हाथ के पंजे में लीवर के पॉइंट लीवर के बटन पर गए और आपने वहाँ पर प्रेशर दिया तो वो प्रेशर लीवर की सर्किट को ऑन करेगा और लीवर को ठीक करने की कोशिश करेगा ठीक हाँ अब बात आती मसाज की मसाज एक, एक एक्प्रेशर का पार्ट है एक्यूप्रेशर नहीं है क्यों क्योंकि जब हम मसाज करते हैं तो हमारे शरीर पे जो ऊर्जा के सघन बिंदु हैं उनमें रक्त संचार बढ़ता है ठीक या उस जब हमने मसाज की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो उसके आसपास जो भी सर गंदगी जमा है या जो भी है वो दूर होती है ठीक तो ये आप जानिए कि मसाज एक्यूप्रेशर का एक पार्ट है एक्यूप्रेशर नहीं है हाँ अब सर आपने जो पूछा था निडलिंग और जो शीशा जैसा दिखाई पड़ता है जी सर ये देख रहे हैं हमारे शरीर पे ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं ठीक है अब मान लीजिए हम इस बिंदु की बात करते हैं पहले आपके क्वेश्चन का आंसर दे दें फिर आगे चलते हैं यहाँ पर हमको ट्रीटमेंट करना है हमें पता है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट करने से हमारी बीमारी ठीक होगी तो आप यहाँ पर अगर निडलिंग करते हैं निडलिंग का जो आपने सुई पूछी थी उसे हम कहते हैं निडलिंग ठीक निडलिंग करते हैं तो यहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी बीमारी ठीक होती है जिसे हम एक्यू कहते हैं जो निडलिंग करते हैं स्टालाइज निडल का प्रयोग करते हैं ठीक वो क्या करता है यहाँ के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सही होता है ठीक अगर हम इसी जगह पर वो जो शीशे जैसा आप बोल रहे थे कपिंग उसे हम लोग कपिंग थेरेपी कहते हैं कपिंग तो उसे हम कपिंग अगर यहाँ पर हमने कपिंग कप किया तो इसे हम क्या कहते हैं कपिंग थेरेपी कपिंग थेरेपी के अपने अलग कुछ पॉइंट और हैं यहाँ पर मैं उसकी बात नहीं करूँगा ठीक उसके बाद अगर इस जगह पर हमने चना जो चना हम लोग भिगो के खाते हैं सूखा चना जो मेथी हम लोग यूज़ करते हैं जो काली मिर्च यूज़ करते हैं यानी सीड्स एप्पल सीड जितने भी सीड हैं सबकी अपने अपने गुड़ हैं सबको सबका ट्रीटमेंट में प्रयोग है अगर इस जगह पर हम उन सीड का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं सीड थेरेपी अगर इस जगह पर हम जो बारह रंग बच्चों के स्केच वाले आते हैं उनको लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं कलर थेरेपी अगर यहाँ पर हम मैग्नेट लगाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं मैग्नेट थेरेपी अगर हम यहाँ पर मसाज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं मसाज थेरेपी यानी जो चीज़ हम यूज़ करी, हमने यूज़ किया उसी का नाम हमने दे दिया ये थेरेपी है अब जैसे कैसे फैला आपका एक्टिव कैसे समाज मतलब विश्व में कैसे फैला तो हुआ क्या था वास्तव में ये लिंक क्या कहते हैं डिस्कनेक्ट हो जाएगी आप लोग फिर से उसे उसी पे दोबारा जुड़ जाइएगा 1950 में यानी 1950 में चीन के अंदर जो भी डॉक्टर्स थे उनको बेयर फूटेड डॉक्टर्स कहते थे क्योंकि वो काफ़ी गरीब होते थे ठीक है उन नाम से पुकारा जाता था तो क्या हुआ नाइनटीन सिक्सटी टू में नाइनटीन सिक्सटी टू में अमेरिका से एक डेलीगेशन आया चीन में ठीक जिस जिसकी क्या कहते हैं मतलब एक ऐसा समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति चीन में आए अमेरिकी राष्ट्रपति चीन में आए और उनको अपेंडिक्स का दर्द उठ गया और इतना सीवियर दर्द था कि जो चीन के डॉक्टर्स थे चीन के जो डॉक्टर्स या उनके साथ जो जैसा राष्ट्रपति आ रहा है तो अकेले तो आएगा नहीं पूरी टीम आएगी तो राष्ट्रपति की जो मेडिकल टीम थी उसने कहा कि आपके अपेंडिक्स में दर्द है आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा ठीक फिर अब बात हो गई थी कि ऑपरेशन कराते हैं लेकिन चीन के जो राष्ट्रपति थे तत्कालीन उस समय के जो चीन के राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा ऐसा है कि हमारे यहाँ एक विधा है एक्यूपंचर अगर आप चाहें तो हम उसका प्रयोग आपके कर सकते हैं तो उन्होंने कहा चलो दर्द बहुत ज़्यादा था उनसे बर्दाश्त नहीं उन्होंने कहा ठीक है ये भी करके देख लेते हैं तो ऐसा वहाँ पर बताया गया है या उन लोगों ने देखा कि जैसे ही चीन के जो बेयर फुटेड डॉक्टर थे यानी चीन के एक्ू के जो डॉक्टर थे उन्होंने इस जगह पर जहाँ मैं ग्रीन डॉट रख रहा हूँ इस जगह पे निडलिंग की ठीक है इस इस पॉइंट का नाम क्या है एस टी ये मैं हिस्ट्री की बात थोड़ा कर रहा हूँ जैसे ही इस पॉइंट पे इन्होंने निडलिंग की जो अमेरिका के डॉक्टर थे वो स्तब्ध रह गए क्योंकि उनका पेन इमीडिएट खत्म हो गया ठीक अपेंडिक्स का दर्द तुरंत खत्म हो गया जिससे वो बड़े प्रभावित हुए और फिर यहाँ के डॉक्टर अपने चीन के डॉक्टर को वो लेके गए अमेरिका वहाँ पर इससे शोध हुआ फिर वहाँ भूखे बनी इस प्रकार से एक्यूप्रेशर या एक्यूपंचर पूरे विश्व में फैला है है, ठीक है तो अब देखते हैं मेरे ख्याल से अब इसका बेसिक आप लोगों को काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा इस बेसिक के बारे में किसी को कुछ अगर पूछना हो तो बात करते नहीं तो आगे बढ़ें, क्योंकि सात मिनट बचे हैं मैं सोच रहा हूं जो आपका बेसिक है या आई वी एक प्रेशर में कुछ ऐसा हो जो आप लोगों को अभी डाउटफुल लग रहा हो उसपे डिस्कशन कर सकते हैं हम है किसी का कोई क्वेश्चन नो सर तो एक शॉर्ट फॉर्म में फिर मैं कहना चाहूँगा एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा पद्धत है जिसको आप सीख करके सीख करके सामाजिक रूप में आर्थिक रूप में अपना खुद का फायदा कर सकते हैं सामाजिक रूप में अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं अगर आप इसको आर्थिक रूप में अपनाना चाहते हैं तो भी एज थे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के रूप में आप इसको अपना सकते हैं दूसरी सबसे बड़ी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये पद्धत सबसे सस्ती है एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा पद्धत है जिसमें बिल्कुल हम ये कह सकते हैं दाल में नमक के बराबर खर्च है आप स्वयं कर सकते हैं अपने आप का ट्रीटमेंट अपने घर वालों को स्वस्थ रख सकते हैं कोई बीमारी बढ़ गई तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं मेरे सामने दो वाक्य ऐसे हुए हैं जैसे मैं जब सीख रहा था तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति था जो एम्स से लौट के आया था दिल्ली के एम्स से और डॉक्टर ने कह दिया था कि वो कभी चल नहीं पाएगा और स्ट्रेचर पर लेट कर के आया था बीस से पच्चीस दिन बाद या एक महीने डेढ़ महीने बाद मैंने उसको अपने पैरों पे चलते हुए देखा है ठीक दूसरी केस मेरे सामने एक ब्रेस्ट क्या कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर का हुआ था एक लेडी थी जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और जब उसका खुद का कमिटमेंट ये था कि जिस दिन से उसने मैग्नेट थेरेपी एक्प्रेशर में मैगनेट थेरेपी को अप्लाई किया है जो कैंसर की दवाओं से कंट्रोल तो था लेकिन धीरे धीरे उसको परेशान कर रहा था कैं दवाओं से साइड इफेक्ट आ रहा था कैंसर और धीरे धीरे जो बढ़ रहा था तो जहां पर कैंसर था वो उसी जगह स्टॉप हो गया आगे बढ़ने नहीं पा रहा था और वो लगातार मतलब अभी उसने एक महीने डेढ़ महीने स्टार्ट किए थे दवाइयों से या कीमोथेरेपी से जो उसको प्रॉब्लम हो रही थी वो चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में थी तो मैंने पहले ही कहा है कि एक्यूप्रेशर कोई चिकित्सा पद्धत नहीं एक्यूप्रेशर आपके जीवन को जीने की शैली है आप जितना एक्यूप्रेशर को अपनाएंगे उतना आपका जीवन की शैली अच्छी होती जाएगी ठीक है तो अब ये देखिए मैंने अभी यहाँ बात की थी इतने सारे हमारे पॉइंट हैं बॉडी पे ये सारे एक्यूपेशर एक्यूपंचर के पॉइंट हैं इन्हीं पे हम लिडलिंग करते हैं इन्हीं पे कलर लगाते हैं अब ये बात सोचने वाली है कि अगर किसी को प्रॉब्लम यहाँ पर है नितंब के आसपास यहाँ पर है तो मेल्स में तो चल जाएगा फीमेल में नहीं चलेगा अब हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कहाँ करते हैं तो इन सारे पॉइंटों को हमने अपने हाथ के पंजों पे रखा अब कैसे रखा ये आज के पहले दिन की क्लास में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बॉडी के पॉइंट सारे हमारे हाथ के पंजों पे कैसे आ गए क्या संबंध है हमारी बॉडी का और हाथ के पंजों से क्या संबंध है हमारा ब्रह्मांड की हमारे शरीर से इन सब चीज़ों को समझने के बाद हम कुछ एक्प्रेशर के बारे में आगे पढ़ेंगे अब देखिए पहली बात एक्यूप्रेशर जो है अब एक्यूप्रेशर का सिद्धांत क्या है एक्यूप्रेशर का सिद्धांत जो है मनुष्य को शारीरिक और भावात्मक रूप से अलग नहीं मानता एक्यूप्रेशर कहता है कि मनुष्य का जो भाव है वही उसके शारीरिक प्रवृत्ति के रूप तरफ ले जाते हैं जैसे अगर कोई व्यक्ति क्रोधी होगा ठीक तो उसके बात करने का तरीका उसके चलने का तरीका या उसकी जो बीमारियां संबंधित संबंधित बीमारियां हैं वो उसके इमोशन से जुड़ी होंगी ठीक है अब हम ये ये बात आप लोगों को क्लियर हुई मतलब जो हमारा शारीरिक है यानी फिजिकल और इमोशनल ये एक यूनिट है अलग अलग ये चीजें नहीं हैं अब ये तो हो गया इसका पहला सिद्धांत दूसरा सिद्धांत क्या कहता है जो इसका नर्वस सिस्टम है अभी मैंने बात की थी सारे पॉइंटों को इन सारे पॉइंटों को हाथ के पंजे पे ले जाना या हाथ से संबंधित कैसे ठीक करते हैं तो अगर हम ये देखें हमारे बॉडी की जो नर्वस सिस्टम है यानी एक एक नर्व जो आई है वह हमारे हाथ पर और पैर के पंजों पे आके मिली है ठीक अब बस हमें इतना जानना है कि कौन सी नर्व कहाँ पर आकर के मिल रही है उसका ट्रीटमेंट करना है ठीक है जैसे देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि पैर कहा गया हाँ हाथ या पैरों में होते हैं कौन से नर्व एंडिंग जो हमारे नर्व हैं इनकी एंडिंग हमारे हाथ और पैरों पर होती हैं ठीक है अब सोचना ये है कि शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित नाड़ियाँ पैर तथा हाथों में कौन कौन से भाग में पहुँचती हैं जिससे यह पता लगा लग पाए कि यह नाड़ी हृदय से संबंधित है या लीवर से या ब्रेन से या किडनी से संबंधित है ठीक है और हम सभी जानते हैं जो थोड़ा सा मेडिकल लाइन से जुड़ा है नहीं भी जुड़ा वो इस हम सभी जानते हैं कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड बेसल लिम्फेटिक सिस्टम नर्वस सिस्टम का एक जाल है जो पूरे शरीर को बांधे हुए है और हर जगह से चेतना को आदान प्रदान करने का काम करता है चेतना को लेना भेजना जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर में आपने देखा पहला तो ये हमारा क्या हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी रेड कलर ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया और जितनी ये ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं यह हमारा क्या हो गया पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम इनी पैरीफेरियल नर्वस सिस्टम में परमात्मा ने हमें सेंसरी और सेंसरी टर्म्स और न, मोटर नर्व दी हुई हैं जैसे अगर हमने कोई गर्म चीज़ छू ली तो इसका इसका पता कैसे चलता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम यानी हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू पता चलता है कि हमने कोई गर्म चीज़ छू ठीक तो ये जो एहसास है यही जो है यही सिद्धांत हमारे एक्यूप्रेशन